मस्कार तो आप लोगों को भाई और बहनों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना आप लोग करते ही नहीं हैं नमस्ते नमस्ते भाई और बहनों आप सभी को यूट्यूब चैनल में स्वागत है पूजा और बब्लू ब्लॉग में मैं आज उस कुछ बोलते हैं हम लोग यहाँ पे और दिल्ली तरफ पंजाब तरफ तो इसमें से बोलते हैं इसको हम लोग बिहार में और इधर खाता रेसिपी मिला के मैं तो मैं भी इसको बना पूरा कांटा को अच्छे तरीके से छिलेंगे तो इसको कपड़े से पकड़ के छिलना पड़ता है तो देखिए यहाँ पर सारा उसको छिलके रेडी हो चुका या नहीं है तो यहाँ पर देखिए भी छील छिलती अच्छे से भी छिल चुका है हम इसको काट लेंगे आलू तो मोटा मोटा काटूंगी ये देखिए उसको, उसको बोल रहे हूँ कि किसमिस को काट रहे हो इसको किसमिस बोलते हैं। इसको किस ये है देखिए जड़ बंद जैसे कि इसमें ये बीज निकला है ना तो मैं इसको बीज को भी समेत दे दूंगी इसी में और उसको कट के रेडी हो चुका है अब धुलने के लिए जाएगा तो मैंने यहाँ पे धोने के लिए रखा है इनको उसको उसको तो इसमें पानी डाल देते हैं अच्छा तो देखिए धुल चुका है मैं इसको दूसरी कटोरी में इसमें थाली भर का यहाँ पर मैं तड़के के लिए प्याज काट रही हूँ लहसुन लूंगी तड़के में ते भी में हूं। ते यहां मैं छील लेती हूँ यहाँ पर मैंने लहसुन ले लिए तड़के के लिए और दो हरी मिर्ची काट लूंगी लंबा लंबी काट लिया है जवाब देख माला चुका है यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो चुका है अब जो मैंने काट के रखा था लहसुन और मिर्ची और प्याज इसको भी डाल देती हूँ थोड़ा सा जलेगा तब मैं इसमें एक दूंगी सब्जी यहाँ पर दे रही हूँ थोड़े से कड़ी पत्ते तो देख पा रहे होंगे मैंने पूरे काटे छील के फेंक दिए थे सब्जी को तो अब मैं इसमें सब्जी दे देती हूँ इसमें मसाले देने हैं जो पीस के दूंगी अभी पीसा नहीं है तो पीस के देना पड़ेगा इधर मैं सब्जी को चला देती हूँ अच्छी तरीके से तो टमाटर भी डाल दूंगी इसमें ज़्यादा खाते हैं थोड़ा इसलिए ज़्यादा दे रही हूँ और खाते भी हैं मिर्ची पाउडर तो इसलिए पीसते थे कि सब्जी जल ले थोड़ा थोड़ा पकाऊंगी इसको मैं बिना पानी के ही इसको जब मसाला दे दूँगी तब पानी डालूँगी इसमें तो मैं इसको ढक के छोड़ दे रही हूँ 10 मिनट के लिए जो था अच्छे से पक जाएगा वैसे अच्छा तो पक ही जाएगा तब तो मैं मसाला पीसूँगा लिया है अदरक ले लिया है इनको पीस के रेडी करूंगी लहसुन ज्यादा हो जाएगा पहले तड़के में दिया जीरा मसाला मसाला मसाला मैं कटोरी में उठा लेती हूँ इसको तो मैंने यहाँ पे सब्जी जो बोला था चढ़ा के रखा है तड़के तो इसमें आपने आपसे पानी न... इसमें पानी देने का जरूरत नहीं पड़ेगा इसी में जितना पानी निकलेगा इसमें उसी पानी से पक जाएगा सब्जी आपका बिना पानी का तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर देखिएगा तो मैं आप सब्जी को निकाल थोड़ा थोड़ा सा जल चुका है कढ़ाई में लगा हुआ है मैं अच्छे से निकाल लूँगी इसको डालूँगी अभी सब्जी में अगर आप लोग इस इस तरीके से बनाओगे तो टेस्ट लगेगा अच्छा भी और पानी डाल के भी बनाओगे तो अच्छा लगेगा और से भी लगेगा अच्छा क्योंकि मैंने नमक ज़्यादा डाल रखा है तो मुझे तो पानी डालना ही पड़ेगा और मुझे पूरा दिन के लिए तो मैं इसमें पानी डाल देती हूँ तो मैं खोला के उजाला में दिखाऊंगी आप सभी को कि कैसा हो तो यहाँ पर ये सब्जी है उसको उसका जो बना रखा है किसमिस का तो आप लोगों को भाई और बहनों अगर वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक और सब्सक्राइब करना आप लोग करते ही नहीं हैं इतने रिक्वेस्ट करती हूँ फिर भी लाइक भी नहीं करते हैं तो आप लोगों पसंद आप लोगों को शायद पसंद नहीं आता होगा तो इसलिए लाइक नहीं करते होंगे आप लोग ना सब्सक्राइब करते होंगे नमस्ते